माँ के ममता एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना बताओ माँ आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आँखें रुक गई और तेज़ आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए बोली आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उससे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएँ या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा लेकिन एडिसन के माँ के मृत्यु के कई साल बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता है इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया जीवन में हम क्या है कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है तो दोस्तों इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना